सो so, गाइस hey जैसे ही गेम ओपन करोगे इमोट पे जाओगे थर्ड नंबर पर लुक चेंजर एनिमेशन दे, देखने को मिलेगा लेगा लेकिन यह यहाँ पर ध्यान से पढ़ो लिखा है हुआ है वेन क्यूब्ड यू कैन यूज इट फ्रॉम द इमोट व्हील मतलब एनिमेशन कम इमोट ज़्यादा होने वाला है हम लोग अपने कैरेक्टर का लुक चेंज करने चेंज करने पर करने वाले हैं आप लोग कन्फ्यूज मत हो मैं इस इमोट का यूज़ करके बताऊंगा और गाइस हमारे रैमपेज इवेंट में क्या क्या आएगा फ्री रिवार्ड मिलने वाला है सब बताऊंगा उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वो घंटा दबा लें तो गाइस मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा इमोट फ्री मिलेगा कौन सा फ्री बंडल मिलेगा तो गाइस हमको दो बंडल फ्री मिलेगा फर्स्ट फीमेल का बंडल सेकंड मेल का बंडल एंड गाइस मेल का बंडल कन्फर्म नहीं हुआ है अभी जब मेल का बंडल कन्फर्म हो जाएगा तो मैं इसका वीडियो बना के डाल दूँगा तो गाइज़ हमारे इस अपडेट में और भी अच्छे अच्छे एनिमेशन आने वाले हैं सबसे पहले क्लाउड वाला एनिमेशन और और एक लॉबी वाला एनिमेशन देखने को मिलेगा और ये है टोर्डो वाला एनिमेशन जब आप इमोट वाले सेक्शन पे जाओगे तो लिखा रहेगा नो लुक चेंजर जब हमारे रैमपेज इवेंट स्टार्ट होगा तो आपको देखने मिलेगा रैमपेज लुक चेंजर एनिमेशन ये तो गाइस एनिमेशन है आप इमोट के जगह इस्तेमाल कर सकते हो जो नॉर्मल बंडल रहेगा वो रैमपेज के बंडल में कन्वर्ट हो जाएगा और आप एक साथ दो दो बंडल ले के चल चलोगे एक रैमपेज का बंडल और एक नॉर्मल बंडल